हवाएं तेज चलती रही हवाएं तेज़ चलती रही मौसम बदलता रहा हवाएं तेज चलती रही मौसम बदलता रहा जितनी बार भी टूटा हमेशा संभलता रहा हवाएं तेज़ चलती रही मौसम बदलता रहा जितनी बार भी टूटा हमेशा संभलता रहा जो शख्स मुझे अकेला समझते थे वो भूल गए जो शख्स मुझे अकेला समझते थे वो भूल गए मेरे पिता के असूल जिंदा थे केशव उनके दम पे चलता रहा मेरे पिता के असूल जिंदा थे केशव उनके दम पे चलता रहा केशव उनके दम पे चलता रहा